और मुझसे कोई कोई प्यार नहीं नहीं करता मेरी कोई फीलिंग नहीं है चलो मैं आपको हूं, मैं आपको बताती सैड क्यों बच्चा जब बड़ा होता वो मेरा दूध डाल डाल के पीता दूध मेरा पीता और माता गाय को कहता गाय मेरी माता है गाय मेरी माता है गाय अगर माता है तो मैं कौन हूँ मैं मर जाऊ बच्चा कुछ लिख नहीं पाता तो वो बोलते हैं, काला अक्षर भेज बराबर <laughs> क्या दूसरे जानवर पोस्ट ग्रेजुएटेड अगर कोई गलती करे तो कहते हैं ये गई भैंस पानी में <laughs> बाकी के जानवर क्या कोका कोला में जाते के आगे बजाना बाकी के आगे क्या लता का गाना बजाते हो? ग्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो जल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्द गुड बायूर